का पवित्र पावन जागरण है, खुशी बहुत है ना बहुत खुशी है आज देखो बहुत खुशी है आप भी इधर आ जाओ जय माता की आप भी बुला लो जोड़ता बुलाओ आ जाओ

जल्दी आओ खड़ी होकर के हा हा आप यहाँ तो पहले आता आप भी बुला लो नहीं नहीं यार बताओ आवाज नहीं निकल रही बताओ क्यों तो नहीं निकल रही रवि भाई एक आज तारीख कितनी हो गई जोर से तो बोलो कितनी तारीख है अभी चार दिन बाद क्या आने वाला है जब आवाज ना खा बिल्कुल भी

जल्दी खड़ी हो बेटी एक बार आपकी आवाज लगाओ आज से खुशी है सारे खुशी है और नंबर दो जितनी मेरी माता महने आई है जिन्हें जिन्हें खुशी है चावल की चलाई है हाथ खड़ा करके दिखा और जिन्हें ज्यादा खुशी है दोनों हाथ भाव सीधे

आप आदमी से कर लो माता बहन क्या जिन्हें सबसे ज्यादा खुशी है वो इलेक्शन हो खड़े हो जाओ पता खुशी की नहीं? हो। आ, नहीं। देख खुशी सबसे ज्यादा आ जाए अरे बार आप भी खड़ी हो आम करो एक बार आप भी खड़ी हो कोई बात नहीं जल्दी फटाफट खड़े हो गए

और एक बात बताओ भैया कोई जबरदस्ती नहीं है इस दरबार में, में तो। अच्छा बता दो नाचना नहीं आता वो ऐसे हाथ खड़ा कर दो जिसे नाचना सबको नौकर हुए नाचना नहीं आता ना मेरी बात तो सुन सकते हो

कह दो वीरेंद्र जी पक्का जो सा बोला मैं कह दू जो सा बोला कह दू तो सुनो ध्यान से आओ अरे अरेगा लूंगा और अगर वीरेंद्र भैया नहीं नाचोगे तो रुपए ग्यारह सौ ग्यारह ले लूंगा अब तो वीरेंद्र मैं तीनों ना कहू प्यारा खड़ा अरे एक बात ध्यान रखना

अगर जाना गए तो जाओ एक इस चार जड़े हैं पांच बाहर जाके मेरे में भरेगा कोरोना वायरस वैक्सीन थ्री लग रही आज तक ठीक दबाओ आओ अरे मेरी

बेबी बनाते रहे पैसा

rek meri baat meri